छतरपुर में नगर पालिका के लगाए गए पीएम आवास योजना के कैंप में उस वक्त जमकर हंगामा हो गया जब एक महिला ने नगर पालिका के कर्मियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया महिला का कहना है कि कर्मचारियों ने महिला से पीएम आवास तो में रुपए डालने के बदले पचास हजार की मांग की है पीएम आवास योजना के कैंप में पहुंची महिला ने नगर के बाबुओं पर रिश्वत का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया हंगामा होते देख महिला ने नगर अध्यक्ष को रोते हुए फोन लगाया और अपनी समस्या बताते हुए फांसी लगाने की धमकी दे डाली महिला की धमकी से घबराई नगरपालिका अध्यक्ष मौके पर पहुंची और अध्यक्ष के मौके पर पहुंचते ही पीड़ित महिला ने रोते हुए नगरपालिका अध्यक्ष के पैर पकड़ लिए तब नगरपालिका अध्यक्ष ने पीड़ित महिला के मामले में जानकारी ली महिला का आरोप है की उसका दो साल से पी आवास में प्रकरण डाला है लेकिन उसमें राशि डालने के नाम पर उससे रिश्वत मांगी जा रही है महिला के हंगामे के बाद मामला बिगड़ता दे एक बाबू कैंप छोड़कर भाग गया वही पीड़ित महिला की हालत बिगड़ने से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है वही नगरपालिका अध्यक्ष का कहना है कि वह इस मामले की जांच करवाएंगे यदि नगरपालिका के बाबू ने रिश्वत की मांग की है तो उन पर कार्रवाई होगी वही आरोपी बाबू का कहना है की महिला इस बात का सबूत दे मैंने महिला से रिश्वत की मांग की है तो लोग में धनी राम को स्वागत पच्चीस हजार रुपया दे तो आपके पैसे आ गए हम खाते में डाल देंगे नहीं तो हम ऐसा कर देंगे कि कभी तुम्हें तो किसरा सा लाभ नहीं मिलेगा तो हमने कहीं कुछ भी कर दो हमारे पैसा नहीं है आज खाने का बैठे हम कहा दे दे। सा कि साल पैसा नहीं देती है लाभ नहीं लेने चाहती ऐसा लग दिया की कभी लाभ नहीं मिलेगा ये आवाज का तस्वीर ये दो मतलब तीस तारीख लास्ट डेट थी इक्कीस मुख्यमंत्री योजना की थी तो ये तीन दिन का आवाज़ बढ़ा रहा था की जिनके फॉर्म नहीं भरे गए है तो ये तीन दिन के अंदर फॉर्म भर जाएँ जो वंचित रह गया है तो इसका उपयोग कर सकें आज तो अभी तीन दिन आवास के फॉर्म लिए जा रहे हैं फिर आगे इसकी प्रक्रिया हो गई हाँ मुझे अभी तो कॉल आया तो मैं सीधे यहीं शिविर होते हुए थोड़ी मीटिंग में जाना था तो मैंने देखा अब जा रही हूँ वही मैं देखने जा। वो जा रहा है नगर पालिका हाँ दे वो। सख्त कार्रवाई करेंगे जारो अब ये तो मुझे नहीं पता कि पैसे ले रहे हैं लेकिन हम पूरा नाम से जानकारी चाह रहे हैं कि पता तो चले कि कौन ये पैसे ले रहा है तो अभी जो नाम पता चले तो देख रहे हैं जाके तो आरोप तो तो लगा रही हम सबूत हमने मांगो है तो प्रमाण दे प्रमाण ही कर रहे। हमने उससे कोई पैसा नहीं मांगा कटवाई थी उसकी जीवार। इत्रेक्षी जीवार। इत्रेक्षी कटने के बाद उसका नए आवेदन है नए डी पी आर वो होगा प्रमाण देना पड़ेगा